मेहर सिविल अस्पताल में आशा उषा महिला संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिस पर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदेश के मुखिया मामा को सदबुद्धि देने के लिए हवन किया वहीं उन्होंने मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है मेहर सिविल अस्पताल की धरना प्रदर्शन कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा की आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं इसके बावजूद प्रदेश की सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही जिसके चलते आशा उषा कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम महिलाओं को मानदेय के नाम पर मात्र 2000 रुपए दिए जा रहे हैं जिसके चलते परिवार दयनीय स्थिति से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि हमने कोरोना जैसे हालातों में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी की है फिर भी शासन प्रशासन आशा उषा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानती है तो लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी हम लोग इसलिए हमन किए गए हैं कि तो अभी 19 तारीख से आज तक अभी हम छठवा दिन है बैठे हुए हैं हड़ताल में परेशान है रात दिन हमारी वहन हम लोग को दो दिया जाता है दो में कुछ नहीं होता है चाहे कितना भी आजकल सब्जी भाजी सब चीज इतनी महंगी है रात दिन हम लोग काम करते हैं दो बजे तीन बजे आते है इसीलिए आज हम लोग छठवा दिन है हमने सोचा चलो महमत हो या जब करते नहीं कहीं धर्म का काम करते नहीं हम ही लोग उनके नाम पर कहीं ना कहीं कर लेन भागवत हवन इसीलिए आज हम लोग ने छठमा देना हवन किया है इसलिए किया गया कि हमारी कोई सुनाई तो हो नहीं रही है हम लोग यही सोचे शायद ईश्वर के द्वारा हमारी सुनाई हो जाए और हम लोग उन्नीस तारीख से छब्बीस तारीख के लिए निश्चितकालीन बैठे थे अगर छब्बीस तारीख तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए चले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जितनी भी मध्य प्रदेश में आशा उ कार्यकर्ता बैठी हैं, तो उनका मान दे फिक्स करें और नीमतीकरण करें। और हम इसीलिए आज हवन भी किए हैं 19 तारीख से बैठे हुए हैं। वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले